हाय गाइज आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं आठ होते हैं जैसा कि आप लोग को मालूम होगा नाउन प्रोनाउन भर्ब एडवर्ब प्रोपोजिशन कंजेक्शन इंटरजेक्शन नाउन किसी व्यक्ति जगह भाव या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं एग्जाम्पल जैसे पटना काव बर्ड्स सिटी इत्यादि उन जिस शब्द का प्रयोग किसी नाउन के किसी नाउन के स्थान पर किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं जैसे आई यू ही शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है उसे एग्जैक्टिव कहते हैं फॉर एग्जाम्पल गुड बैड कॉल हॉट इटिशिव जिस शब्द से किसी कार्य का करने या होने का बोध हो उसे कहते है। हैं जैसे इज आर एम रीड गोटीसी जो शब्द किसी या या अन्य किसी एडभर्व की विशेषता बताते हों उसे कहते हैं टू इटीसी प्रोपोजिशन वे शब्द जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरा नाम या प्रोनाउन से संबंध बताते उसे प्रोपोजिशन कहते हैं जैसे on, up, beside, भीम etc. कंजक्शन वे शब्द जो किसी शब्द उपवाक्य या वाक्य को आपस में जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं जैसे And but so because it is in, interjection वे शब्द जो हृदय में अचानक उठने वाले भाव को प्रकट करते हैं जैसे आक्स हुर्रे ओह आह इटीसी वह इंटरजेक्शन कहलाता है आपने इस वीडियो में पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं आठ कौन कौन सा नाउन प्रोनाउन भर्व एडभर्व प्रोपोजिशन कंजेक्शन इंटरजेक्शन और आपने पढ़ा सबके एग्जाम्पल जैसे नाउन के एग्जाम्पल प्रोनाउन के एग्जाम्पर एडभर्व के एग्जाम्पल भर्व के एग्जाम्पल प्रोपोजिशन के एग्जाम्पल कंजेक्शन के एग्जांपल, इंटरजेक्शन के एग्जांपल। अगला वीडियो में आपने आप पढ़ेंगे नाउन ऑफ नाउन